और वहां के एनिमी बंकर्स को डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉयी चैलेंज 70 से 80 डिग्री का है, बट एडवांटेज इस एनिमी तुझे फ्लैंक से कभी एक्सपेक्ट नहीं करेगा जब तुम दोनों एनिमी पोजिशन से दो सौ मीटर दूर मैं फायर स्टॉप Good, sir. Good, sir. Now, boys, तुम गए का सो ओ या और विकी तेरा सर दिल मांगे मोर ये दिल मांगे मोर yeah? <laughs> <laughs> क्यों विकी सर पॉइंट फाइव वन फोर जीरो के बाद मैं रुकने वाला नहीं हूं सर मुझे बगाना है साल हो गया यहां से ऑल द बेस्ट बॉयज गॉड स्पीड पड़ोसी पर शेषा संगा पर ओबा। ओवाम पर शेषा ओबा। कोई शेर साहब बोल रहे हैं जनाब तो कुछ पकड़। शेर शाह वसंग्राम पास मैसेज ओवा तीन सौ मीटर दूर हूँ ऑब्जेक्ट से रिपोर्ट योर लोकेशन अभी घोड़े पे चढ़ के गया था क्या ओवर हमें साले लोकेशन जल्दी बता। ओवा मैं भी दो सौ मीटर दूर हूं। ओवर अबे रॉकेट पे चढ़ के गया क्या तेरा घोड़ा मेरे रॉकेट से तेज है मुझे टाइम लगेगा अब यहाँ से आगे एटी डिग्री का इंक्लाइन है buddy good luck sagram over over over uh. coffee frequency job साहब रेडियो ऑन शेर शाह साहब ये अपने बंदी की आवाज़ आवाजी है साहब